नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूं जो आपको कम समय में ज्यादा पैसे कमाकर दे सकता है दोस्तों यह जब से मार्केट में आया है तब से सभी लीडर्स में दौड़ लग गई है इसको ज्वाइन करने की जिस कंपनी की मैं आज आपसे बात करने जा रही हूं उसका नाम है हेल्दी लाइफ केयर और इसकी ऑफिसियल वेबसाइट है एच कंपनी में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है लेकिन यहाँ से पैसा कमाने के लिए आपको सात सौ का ज्वाइनिंग पैकेज लेना होगा जिसमें आपको चार बॉक्सरी लड़कियों और महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उत्पादन है यह महिलाओं के लिए महामारी के दौरान सहायक होता है और उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करता है अब बात करते हैं इनकम की तो आपको यहाँ पर छह तरह की इनकम मिलती है पहली है मैचिंग बोनस दूसरी है स्पॉन्सर मैचिंग बोनस तीसरी है अवॉर्ड एंड रिवॉर्ड, चौथी है रीपर्चेज बोनस पांचवी है पिन पॉइंट और छठी है फ्रेंचाइजी दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मैचिंग बोनस की जब आप एक मेंबर अपने लेफ्ट और एक मेंबर अपने राइट right में लगा देते हैं तो आपको सौ मिलते हैं लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि पहला पेयर वन इंस टू या टू इंस वन में मैच करवाना है उसके बाद आप वन इंस वन में मैचिंग करवा सकते हैं दस पेयर आप मैच करवाते हैं तो आप डेली एक हजार रूपए और महीने के तीस हजार रूपए कमा सकते हैं लेकिन कंपनी ने दिन की एक हजार रूपए की कैपिंग ना लगाते हुए खूबसूरत प्लान डिजाइन किया है दस पेयर के बाद जितनी भी आपकी आईडी लगती है तो लैब्स होती है जैसे कि 11 पेयर से 24 पेयर तक लेकिन 10 के बाद सीधे आपके 25 पेयर होते हैं तो आप अर्न कर सकते हैं दो हजार और महीने के अर्न कर सकते हो पिछहत्तर हजार उसके बाद 50 पेयर मैच करते हैं तो आपको डेली की पाँच हजार और महीने के एक लाख पचास अर्न कर सकते हैं। इस तरह आप यहाँ से महीने के 30,000 से ऐसी लेकर तीस लाख तक कमा सकते हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों अब बात वो जितने भी मैचिंग इनकम करते हैं उसका 25 आपको भी मिलेगा। के लिए आपने चार मेंबर डायरेक्ट किए और उन्होंने एक एक लाख की मैचिंग इनकम की तो उसका पच्चीस परसेंट यानी एक लाख रूपए आपको भी मिलेगा आप बात करते हैं अवार्ड एंड रिवॉर्ड की 50 पेयर होने पर रैंक स्टार होगी और बिजनेस किट मिलेगी 100 और पेयर होने पर रैंक सिल्वर होगी और दो हजार रूपए मिलेंगे 500 और पेयर होने पर रैंक गोल्ड होगी और दस हजार रूपए मिलेंगे और इसी तरह से आपकी रैंक बढ़ते बढ़ते क्राउन एम्बेसडर तक जाती है और आपको एक करोड़ तक की इनकम होती है जो की आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अब बात करते हैं पिन पॉइंट एंड फ्रेंचाइजी की उनचास पिन पॉइंट में आपको 70 पिन और 70 प्रोडक्ट किट हर एक्टिवेशन पर पचास रूपए मिलेंगे फ्रेंचाइजी 2,45,000 की है जिसमें साढ़े तीन प्रोडक्ट किट मिलेगी और हर एक्टिवेशन पर तीस रूपए मिलेंगे कंपनी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन आरोप देख सकते हैं तो दोस्तों यह था पूरा बिजनेस प्लान हमें उम्मीद है आपको यह प्लान जरूर पसंद आया होगा तो जल्द से जल्द कंपनी को ज्वाइन कीजिए और खूब अर्निंग कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग